छतरपुर में नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है बताया जा रहा है कि बच्चे नहाने के लिए नदी में गए थे ज्यादा गहराई में जाने के कारण यह हादसा हुआ। छतरपुर के उर्मिल नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई बताया जा रहा है कि मृतक बच्च बच्चों की उम्र आठ साल है दोनों खेलते हुए नदी में नहाने पहुंचे थे और ज्यादा गहराई में जाने के कारण दोनों डूब गए और उनकी मौत हो गई हादसे के बाद पूरे गाँव में शोक का माहौल है मृतकों का पोस्टमार्टम कर अंतिम क्रिया के लिए परिजनों को सौंप दिया गया क्या घटना हो गई है पानी में डूब गए। दो बच्चे क्या नाम था बच्चों का एक प्रांशु प्रांशु और आमेर। आमेर। कैसे मतलब कहाँ डूब गए कुएं में या नदी में नदी में, और नदी नदी में।, में। ये कोई नहीं था क्या वहाँ पर जहाँ ये वहां बच्चों वहाँ नदी में कैसे पहुँच गए बच्चे